इतनी रात को इतना ध्यान लगाकर क्या कर रहे हो नंबर्स पर खोज कर रहा नंबर्स पर? वो क्या? एक नंबर को बहुत अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है दो दो को वन प्लस वन करेंगे तो वो भी दो हो जाएगा तीन तीन को तीन भी लिख सकते हैं या टू प्लस वन या वन प्लस वन प्लस भी लिख सकते हैं ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है अब अगर हम सारे नंबर को इसी तरीके से लिखे जैसे अभी लिखा मैंने तो पाँच को सात तरीकों से छः को ग्यारह तरीकों से सात को पंद्रह तरीकों से पंद्रह को एक सौ छिहत्तर तरीकों से और एक सौ छिहत्तर को क्या बता सकते हैं कि इसके कितने तरीके होंगे अगर पंद्रह को एक सौ छिहत्तर तरीक़े से लिखा जा सकता है तो एक सौ छिहत्तर को लॉजिकली कम से कम एक हज़ार तरीके से तो लिख ही सकते होंगे न चार खरब छिहत्तर अरब इकहत्तर करोड़ अट्ठावन लाख सत्तावन हजार तरीकों से लिख सकते हैं उमाय कुछ